मुख्यमंत्री शिवराज के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से सवाल पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सवाल कुछ और करते हैं और कमलनाथ जवाब कुछ और ही देते हैं किसानों के सवाल पर जननी एक्सप्रेस का जवाब देते हैं प्री एग्जाम में ही कमलनाथ की यह स्थिति है तो आने वाले विधानसभा चुनाव के बोर्ड एग्जाम में कमलनाथ की क्या स्थिति होगी प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ से सवाल के बारे में कहा की सीएम सवाल कुछ करते हैं जवाब कमलनाथ कहीं का देते हैं पूछो किसान का और जवाब आता है खलियान का वहीं उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बर्फ में खेलने के मामले पर कहा राहुल गांधी पूरे रास्ते में भ्रम फैलाते रहे हैं और अंत में भी यही किया है कश्मीर में कांग्रेस की सरकार में आग बरसती थी मोदी जी की सरकार में शांति की बर्फ बरस रही है इस दौरान उन्होंने बडी केस एप पर कार्रवाई को लेकर कहा बडी केस एप लोन के माध्यम से लोगों से ठगी करने का काम करता है जिसके कनेक्शन थाईलैंड से है जहाँ से पैसे भी ट्रांसफर किए जाते हैं एक शिकायत रंजीत के द्वारा की गई थी उस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है और सभी इसे अपील है कि इस की खिलाफ सख्त से तो सख्त सक्ति कार्रवाई की जाएगी मुख्यमंत्री और आप देखे पढ़े जवाब कहीं और का आता है पूछ रहे हैं खेत की बता रहे हैं खेरान की ये कमलनाथ जी की स्त्री प्री मेडिकल एग्जाम में फेल हो रहे हैं बोर्ड का एग्जाम जब आएगा विधानसभा का चुनाव तब उनकी क्या स्थिति बनेगी इससे अंदाजा आप कर सकते हो किसानों का सवाल पूछा और जवाब दे रहे हैं वो जननी एक्सप्रेस का इससे आप समझ जाएं कमलनाथ जी हमारे बुजुर्गवार नेता हैं कहीं ना कहीं चूक तो कर ही रहे राहुल गांधी जी के वचन पत्र की धज्जियां उड़ा दी कमलनाथ जी जवाब देंगे कहाँ से अब वो? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने पर कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक लक्ष्मण सिंह ने पुलिस और सेना का आभार जताया जिस पर मिश्रा ने कहा कि किसी ने तो आभार की शुरुआत की मोदी जी और अमित शाह जी का तो आभार व्यक्त कर नहीं सकते वहीं मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल के बयान पर तंज कसती हुए कहा कि पहले पंजाब पर आरोप लगाते थे कि वहां से प्रदूषण फैलता है अब पंजाब में उनकी सरकार बन गई है तो गरीबों पर आ गए यमुना का प्रदूषण अभी तक दूर नहीं कर पाए पहले अकेले थे अखिलेश यादव के स्वामी प्रसाद के समर्थन पर गृह मंत्री ने कहािलेश यादव, यादव जरूर समर्थन देते हैं पहले पंजाब में कहते थे की पंजाब की वजह से हो रहा है अब पंजाब में उनकी सरकार बन गई तो गरीबों पे आ गए ड्राइवरों पे आ गए पहले गलूमन लगा के अकेले खाते थे अब पूरी दिल्ली खास रही है लेकिन इलाज कुछ नहीं है नर्मदा का प्रदूषण आज तक उनका दूर नहीं किया है यमुना यमुना यमुना का का। आज तक दूर नहीं किया है यमना, यमना का। लेकिन आप हर बार देखिए कि किस तरह से साइड दे कर के वो इस तरह के वो करते हैं। वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले